तू नहीं दिल में मगर तेरा निशा बाकी है तू नहीं दिल में फी? मगर तेरा निशा बाकी है बुझ गई याद मोहब्बत की धुआं बाकी है बुझ गई याद मोहब्बत की धुआं बाकी है मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं लगाने को अभी सारा जहां बाकी है